हेलो दोस्तों मैं हूँ योगी और गुरु हिंदी में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेब पेज पर एक फोटो या इमेज ऐड कर सकते हो यह हमारा फोर्टीन वीडियो है चलिए शुरू करते हैं चलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ फोटो ऐड करने के लिए आपको एक टैग जो ओपन करके आई इमेज टैग होगा जिसमें एस सोर्स, सोर्स आपको इमेज सर्च करनी है तो इमेज जे पी जी इमेज है और इसे मैं क्लोज करता हूँ ये जेपीजी ऑटोमेटिक इसलिए आ गया क्योंकि जहां पे मेरी ये इंडेक्स डॉट एच की फाइल है उस फोल्डर में मेरी इमेज ऑलरेडी है इसलिए बैनर डॉट जे आ गई और मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसा ये एक इमेज फुल स्क्रीन पे इमेज आ गई है देखिए मैं सारा थोड़ा जूम आउट करने पर देखिए फुल टोटली फुल स्क्रीन में यहाँ पे जूम आउट देखिए परसेंटेज देख सकते हो आप परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंटेज करने पर मुझे फिफ्टी परसेंट एंड सेवेंटी फाइव पे मुझे थोड़ा फिट दिख रहा है अब इतनी बड़ी इमेज मैंने डाल दी ब्राउजर में तो बराबर दिखेगा नहीं तो आप इसे बाउंड्रीज ऐड कर सकते हो उसके लिए बाउंड्रीज इन देंस आप इसका साइज छोटा कर सकते हो वेथ और हाइट तो उसके लिए डब्ल्यू आई डी टी एच वेथ में लिखूंगा वेथ में फाइव हंड्रेड देन हाइट लिखूंगा हाइट में लिखूंगा हाइट में लिखूंगा हम्म, hmm, 380, अंदाजे से लगा रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ अब देखिए रिफ्रेश करते ही ये इमेज छोटी होगी ओके okay? इस तरह से आप एक इमेज को साइज छोटा करके भी आप डिस्प्ले कर सकते हो अब इन केस अगर ब्राउज़र डायरेक्ट ना कर पाए कि ये फाइल है कहाँ पे या फाइल मिस हो रही है तो फाइल इमेज के जगह पे कुछ तो लिखना चाहिए बताना चाहिए राइट तो उसके लिए ए एल टी Alt टैग Alt Alt टैग आल्ट में मैं लिखूँगा ये मेरा टैगरो हिंदी का लोगो है ओके सेव कर दिया जब कभी ये इमेज मेरे फोल्डर में दिखेगी नहीं तो उस जगह पे ये नाम आ जाएगा टी एच जी लोगो ओके इस तरह से आप इमेज को सेट कर सकते हो इमेज को बाउंड्रीज भी लगा सकते हो अलग अलग आप एलिमेंट्स और ऐड करके इमेज को आप सेट कर सकते हो इस वीडियो में अब इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर्स के बारे में बॉर्डर्स के बारे में इन डिटेल बॉर्डर कलर्स के बारे में बॉर्डर मार्जिनस बॉर्डर पैडिंग के बॉर्डर कलर्स के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस वीडियोस देखिए मेरे देखिए सीखिए प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए धन्यवाद